अब मैंने कहना ही छोड़ दिया कि तुम मुझसे बात करो जब मेरे रोने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा